तो साल हो गए उस लड़की को गए हुए कब तक ढूंढता रहेगा उसको ये तू दस मुझे देख हंस दे, दे। तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले तू पे भी नाम तेरा लिख दे मैं जब जब तेरा दिल धड़के जुदा हो गए माना मगर ये जान लो जाना That I'm.